नमस्कार और आप देख रहे हैं पल आरोप आजादी का अमृत महोत्सव हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन पंजाब एवं हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सहयोग से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्वतंत्रता के पिछहत्तर हुए वर्ष पूरे होने आरोप इस उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा द्वारा किया गया इसमें 2 अक्टूबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक छह सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय जाति अभियान अखिल भारतीय जागरूकता आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है प्रदर्शनी में छात्र विधिक साक्षरता मिशन के तहत छात्रों द्वारा चलाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया जिसमें समाज में प्रचलित सामाजिक मुद्दों जैसे की नशे की समस्या बाल श्रम, जैसे जैसे घरेलू हिस्सा साइबर अपराध आदि के साथ साथ समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों और उनके अधिकारों को दर्शाया गया है अधिकतम जागरूकता सुनिश्चित के लिए हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने दो अक्टूबर दो से लेकर अब तक तीन बार राज्य के सभी गाँवों में मोबाइल बैंक सामाजिक संस्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम एवं डेस्क आदि के माध्यम से विभिन्न जागरूकता सहित सहायता के लिए डोर टू डोर पैरों और इसके दौरान सेवा सेवानिवृत्त शिविरों प्रतियोगिताओं रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से लिए जागरूकता आयोजन की गांव में डोर टू दौरे दो, करने के लिए राज्य गति सेवा प्राधिकरण ने सात तो टीमों का गठन किया जिसमें पिछासी हजार से अधिक ग्रामीणों से बातचीत की गई उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया लोगों को कानूनी सेवाओं की अवधारणा के बारे भी में भी शिक्षित करने के लिए एवं जेलों में तीन कानूनी सहायता के स्थापित किए गए विभिन्न सेवा प्राधिकरण प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं और इसमें अब तक दो सौ सतर आयोजित की जा चुकी है कल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट